हेलो दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को दिन में तीन बार धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें इससे आप अपने फैमिली मेबर्स को बचा सकते हो बाहर के जंस और प्रोडक्शन से ठीक है तो आपको दिन में तीन बार हाथ धोने चाहिए और साथ में सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए थैंक यू